मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा गणवेश सिलाई का काम हमने स्व समूहों को देने का फैसला किया है उन्होंने कहा सभी से निवेदन है कि अपना सब काम आपको खुद ही करना है अच्छा और कम से कम कम कीमत पर कपड़ा कैसे मिले ये फैसला स्वयं करें सीएम शिवराज ने कहा आप सब जानते हैं कि गणवेश सिलाई का काम हमने स्व समूहों को देने का फैसला किया है अपना सब काम आपको खुद ही करना है अच्छा और कम से कम कीमत पर कपड़ा कैसे मिले यह फैसला स्वयं करें आजीविका पोषण वाटिका लगाने का काम हमको करना चाहिए उन्होंने कहा बैंक का पैसा अगर समय पर पहुंच जाता है तो दूसरे और ज्यादा पैसे के लिए वहां आवेदन करना चाहिए ताकि आपका काम लगातार आगे बढ़ता रहे बेहतर रहेगा कि अगर आप वित्तीय लेनदेन बंद रखी के माध्यम से करेंगे शिवराज ने कहा एक बात का आग्रह करना चाहूँगा कि आप संतुष्ट न हो और ज्यादा बड़ी गतिविधि कैसे करें उस पर निरंतर ध्यान और बुद्धि लगी रहे बढ़ने की चाह कभी खत्म नहीं होनी चाहिए उस पर निरंतर प्रयास करते रहें आप सब जानते हैं कि गर्भे सिलाई का काम स्व समूह को देने का हमने फैसला किया है और आपसे ये भी निवेदन है कि कई लोग आपसे ये बात कहेंगे कि कपड़ा वो खरीद के दिलवा देते हैं वो गुना देते हैं देखो अपना सब काम हमको खुद ही करना है खुद का कपड़ा देखना है और फिर खुद ही खरीदना है अच्छा और कम से कम कीमत में कैसे मिले वो भी आप किसी के कहने पर ना करें स्वयं फैसला करें और अच्छी चीज खरीदें हर घर में आजीब का पोषण भी आजीब का पोषण वाटिका भी हमको लगाने का काम करना चाहिए हम बैंक से पैसा लेते हैं आपको पता है कि हम ब्याज भरने का काम हम कर रहे हैं ब्याज पर सब्सिडी देते हैं लेकिन बैंक का पैसा समय पे पहुंच जाता है तो फिर दूसरे और ज्यादा पैसे के लिए वहां को आवेदन करना चाहिए ताकि अपना काम लगातार आगे बढ़ता रहे वित्ती लेन देन भी बैंक सखी के माध्यम से ही हम करेंगे तो और भी बेहतर रहेगा एक बात और मैं आग्रह करना चाहता हूं संतुष्ट ना होगी ताऊ हो गया आचार्य ठीक है और बड़ी गतिविधि कैसे करें और ज्यादा गतिविधि कैसे करें उसमें निरंतर आपका ध्यान और बुद्धि लगी रहे क्योंकि तो हमको यहां थोड़ी रखना है लखपति बन गए तो लखपति से आज अगर हम लाख दो लाख रुपया साल कमा रहे तो हमारी कोशिश रहेगी क्या दास रुपया तक पहुंचे परसों और आगे बढ़े तो बढ़ने की चाह कभी खत्म नहीं होनी चाहिए उसका प्रयास करते रहें आप देख रहे हैं दखन न्यूज